अंधेरी रात क्या होती है वो भोपाल वासियों से पूछू अड़तीस साल पहले की वो भयावह रात जिसने हजारों जिंदगियां ली। जिंदगी दिसंबर सौ ये वो काली रात थी जिसने हजारों जिंदगियों को अपनी आगोश में ले लिया हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं और दूसरे दिन सुबह आलम ये था कि लाशें ज्यादा थी और गिनने वाले कम पड़ गए थे जो गुनेगार थे वो तो देश छोड़कर भाग गए लेकिन भोपाल वासियों की नसों में वो जहर अब तक दौड़ रहा है दो तीन दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल पर कहर बनकर टूट पड़ी थी करीब तीन से चार बजे के बीच यूनियन कार्बाइड कीटनाशक ऐसी निकले गैस ने हजारों जिंदगियां तबाह कर दी थी गैस के रिसाव के बाद जो लोग रात में सोए थे वे कभी नहीं जाते वही कुछ लोग जो घर ऐसी बाहर थे वे कभी वापस घर नहीं पहुँचे मासूम बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया ही नहीं देखी थी उनको इस जहरीली गैस ने अपने में ले लिया। हम इस वक्त भोपाल के आरिफ नगर इलाके में हमारे पीछे आप देख सकते हैं है जिससे खतरनाक गैस का हुआ था और इस खतरनाक गैस ने चारों तरफ तबाही मचा दी थी ये बात है दो तीन दिसंबर के दरमियान ये रात उन्नीस सौ चौरासी यहाँ पर गैस निकली थी किसी को पता नहीं था तो सबसे पहले यदि मैं हिस्ट्री दूँ तो साढ़े ग्यारह बजे कुछ मरीज आँखों में जलन सांस में तकलीफ बोलके हम हमदिया अस्पताल के एमरजेंसी में गए जिस रात गैस कांड हुआ था उस रात पूरा मिनी प्रलय जैसा एक कयामत होती है वो वाला मंजर था लोग जान छोड़ कर भाग रहे थे पूरा धुंध हो रहा था लोगों की आँखों में जलन हो रही थी आज भी हम लोगों की यह हालत है पच्चीस साल बाद भी कि हर तरफ से पीड़ित उस जहरीली गैस का असर आज भी देखने को मिलता है भोपाल की तीसरी नस्ल तक जहरीली हो चुकी है बच्चे अपाहिश पैदा होते हैं दिमाग है पर सोच नहीं पा रहे है। आंखें हैं पर रोशनी गायब है जुबान है पर बोल नहीं पा रहे है। सासे हैं पर बिना खांसे ले नहीं पा रहे आज भी गैस पीड़ितों के चेहरे पर खौफ और उदासी साफ तौर पर नजर आती है मैं इस वक्त यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पीछे उसी बस्ती में हूँ इस बस्ती की मिट्टी और इस बस्ती का पानी आज तक भी दूषित है यहाँ की हवा में वो गैस आज तक मिली हुई है आज तक यहाँ के लोग उस चीज को झेल रहे हैं। मे का मंजर इतना खराब था कि मैं अपनी मतलब खुद लफ्जों से बयान कर नहीं सकती हूँ जिसका मेरा पति आज दिन तक वो रहे है जिनके इतने, इतने इतने इतने हाथ ऐसे सड़े हुए है ना वो कमा पाते है न खा पाते न ठीक से रह पाते ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है और दूसरी बात यह कि इतना बुरा हाल था तो उस समय मेरी लड़की छह महीने की थी वो तक तो मेरे हाथों से छोड़ गिर गई थी सही ऐसी है डॉक्टर के पास ले गए उन्हें बोला इसकी कोई वो नहीं है इलाज जाओ घर जितनी वो कर सको सेवा समार करो उस रात लोगों का अस्पताल पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ शुरू में ये संख्या एक का थी, लेकिन थोड़ी ही देर में ये बढ़कर दर्जनों फिर सैकड़ों फिर हजारों में हो गई। तब पर गया। तो ने एक लिया कि करके एक छोटा सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉर्म बनाए जिसमे की सभी चीज आ जाए जो मुख्य बिंदु एक नंबर दो हमने जो इंटर और जो फाइनल ईयर फोर्थ ईयर के लड़के थे हमने उनको बोला कि बेटे, अब एक काम करो बॉडी को डिवाइड कर लो एक से दस ग्यारह से बीस तक इक्कीस तक, और जो भी तुमको समझ में आ रहा है वो तो कागज में लिखना चलो भविष्य के खतरे से अनजान लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह उनका अपनों से साथ छूट जाएगा इस शहरीली हवा से जो बच गए आज भी उसका दंश झेल रही है तबाही ऐसी जिसे 38 साल बाद भी याद करके लोगों की रूह कांप जाती है टेकन हमारी कल्पना से भी अधिक पहुंच गई तो मैं इमीजिएटली तो ताजुल मस्जिद से लेकर हमीदिया के रोड इमरजेंसी तक आदमी आदमी भरे हुए थे कोई मरा था कोई अंतिम सांस ले रहा था कोई उल्टी कर रहा था चीख पुकार सब बची थी यहाँ पर गैस से अफेक्टेड जो भी बच्चे होते हैं वो सारे आते हैं उन लोगों में स्पीच थेरेपी से रिलेटेड खाने चबाने निगलने आ, और सोलोइंग से समस्याएं जो होती हैं उसको हम यहाँ पर डील करते हैं मेरे यहाँ बच्चे जो आते हैं क्लास में आते हैं तीन साल के बच्चे होते हैं जब हम लोगों क्लास में देते हैं जो नीड होती है हम करते हैं, सरकारी तो है। जबकि सच्चाई ये है की इसमें हजारों जिंदगी काल के काल में समा गई जो जिंदा रहे वो कई बीमारियों से पीड़ित हो गए आने वाली पीढ़िया आज भी त्रास्ती का खामियाजा भुगत रही है गैस त्रास्ती में पीड़ितों को मुआवजा जरूर मिला लेकिन मुआवजे को लेकर समाजसेवियों ने सवाल खड़े किए। थाइल आइसोसाइनेट जो गैस निकली थी उसके रिसाव से यूनियन कार्बाइड के खुद के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि एक बार अगर किसी को एमआईसी लग जाए तो उसे ज़िंदगी भर तकलीफ रहेगी चाहे उन्हें तुरंत इलाज मिल भी जाए और भोपाल के केस में तो ना तुरंत इलाज तब मिला और ना आज आज मिल रहा है क्योंकि आज भी जो इलाज मिल रहा है वो सिर्फ लाक्षणिक इलाज है के अंदर तिरानवे प्रतिशत से ज़्यादा गैस पीड़ितों को कैटेगराइज किया गया और मात्र पच्चीस मुआवजा दिया गया है उसके लिए और ये दूसरा कि इसकी जिंदगी भर तकलीफ जारी रहेगी और तीसरा जिसके बारे में अध्ययन देखा था वो आज भी रो देता है तीन दिसंबर उन्नीस सौ चौरासी को हुए उस हादसे से भोपाल के लोग आज भी नहीं उभर पाए हैं ये वो यादें थी जो कभी धूमिल नहीं होंगी तीन दिसंबर मतलब बिछड़ो को याद करने का कर दिन और को का दिन बन चुका है। आपको बताते चले कि जो मुख्य आरोपी था एंडरसन, उसे हमारे ही देश की तत्कालीन सरकार ने सुरक्षित उसके देश तक पहुंचा दिया हमारी दुआएं हैं कि गैस पीड़ितों की आने वाली पीढ़ियों को इस जहर को न झेलना पड़े कैमरा मैन अफसर के साथ मैं हूँ ऋषिका देखते रहिए दखन न्यूज